जो आज घटना हुई क्या मामला है सर थाना के अंतर्गत कौरहा ग्राम है वहाँ पे तीन बच्चों को 11000 वोल्ट की तार से झुलसने की सूचना थी तत्काल उन्हें मतलब है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे लाया गया उसके पश्चात तुरंत जिले अस्पताल रेफर कराया गया है अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें एक बच्चे की मृतक होने की सूचना है बाकी दो बच्चों को ट्रामा सेंटर भी एच रिफर करने किए जा रहा है यहाँ पर हम लोग हंगामा कर रहे थे चक्का जाम किए थे किस क्या मांग थी ऐसी चक्का जाम की कोई स्थिति नहीं थी परिवार वाले थोड़े से दुखी थे उन्हें बताया कि पूरी तरीके से सांत्वना भी दिया गया है और ये उन्हें बताया गया है कि जो विधिक रूप से विद्युत विभाग की तरफ से मुआवजा की राशि है वो आवश्यक कार्रवाई करते हुए तत्काल दिलाया जाएगा बाकी जो अन्य यथासंभव मदद है वो भी हम लोग पूरी तरीके से कराने का प्रयास करेंगे